जरूरत नहीं है सितारो की जरूरत नहीं है सितारो की जरूरत नहीं है यारों की एक दोस्त चाहिए आपके जैसा थैंक यू एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो